आइए दोस्तों वेलकम बैक टू माय सोशल मीडिया हैंडल पेज एंड आज की इस वीडियो में कुछ खास होने वाले आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक बेस्ट कंपनी का चुनाव करें हाउ टू चूज फॉर बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम अब आप ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की इस जेनरेशन में आगे बढ़ हैं और ट्वेंटी सेंचुरी में ये डायरेक्ट सेलिंग बेचस और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत तेज़ी से इस्कोप बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम के साथ हम लोग चाहते हैं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अब उसके लिए हम लोग चूज़ करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन हम और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में देख पा रहे होंगे कि आपके दोस्त रिश्तेदार भाई आपके क्लासमेट आपकी क्लाइंट्स आपके बॉस कोई ना कोई आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्लान लेके आपके पास जा रहा है और आप उसमें चूज नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्लान को चूज करें कौन सा प्लान बेस्ड है कौन सा प्लान बेस्ड नहीं है आइए मैं आप सबको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू चूज फॉर वेस्ट डायरेक्ट सेलिंग एकॉर्डिंग टू इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडेंस सो आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज़ करना है बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं और उन पैरामीटर्स के आधार पर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप चूज कर सकते हैं कि वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है या नहीं वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट है कि नहीं सो so, आपको पहले देखना है कंपनी प्रोफाइल यस दोस्तों आप जिस भी कंपनी के साथ आप काम करने जा, जाना चाहते हैं एसोसिएट होने वाले हैं या हुए हैं तो आपको पहले चेक आउट करनी चाहिए कंपनी प्रोफाइल कंपनी प्रोफाइल में आपको चेक करना है कि कंपनी के डायरेक्टर्स जी हाँ दोस्तों आप आप कहेंगे कि कंपनी के डायरेक्टर्स से मुझे क्या लेना देना आपका बहुत ज़्यादा लेना देना है क्योंकि आप कंप कम्प, जिस कंपनी के साथ आप काम करने वाले हैं उसके डायरेक्टर्स उनकी एजुकेशन क्या है जी हाँ उनके ओल्ड वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो क्या डायरेक्टली वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट किए या नहीं या उससे पहले उनकी क्या वर्क एक्सपीरियंस है उनकी पकड़ और किन चीज़ों में है ये सब कुछ आपको देखने चाहिए फैमिली बैकग्राउंड कि उनकी फैमिली में और कौन सा बिजनेस चल रहा है या फिर उससे पहले उनके फैमिली की बैकग्राउंड क्या है आपके डायरेक्टर्स का चेक करना चाहिए लॉन्ग विजन दोस्तों बिना वजह का बिना विजन का कोई बड़ा काम हो नहीं सकता इसलिए आपको चूज करना चाहिए उनको चेकआउट करना चाहिए बेस्ट लॉन्ग विजन और चेक करना चाहिए आपको लीडरशिप आपके जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनकी लीडरशिप क्या है क्योंकि बिना लीडरशिप के ये बेजनेस कुछ ये कहता है कि आपको ये मार्केटिंग है और मार्केटिंग में लीडर्स होने चाहिए और आपकी कंपनी की लीडरशिप कैसी है उनके विजने भी हैं कि नहीं वो क्या सोच पा रहे हैं क्या नहीं बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप को सोचते हैं अपने ग्रोथ को सोचते हैं आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ग्रोथ को नहीं सोचते हैं. तो आपको ये चेक करना चाहिए कि वो कंपनी की जो डायरेक्टर्स से वो अपने से कहीं ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में कितना सोच पाते हैं आइए सेकंड कॉन्सलाइड पे चलते हैं अब आपको चेक करना है कंपनी लीगलिटीज़ कंपनी का दस्तावेज क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब आपको क्या क्या चेक करना है जीएसटी सर्टिफिकेट आपको चेक करना कि क्या आप जिस कंपनी के साथ काम करने चाहते हैं वो कंपनी जीएसटी सेटिसफाइड है कि नहीं टेंटिस्फाइड है कि नहीं सी कंपनी इंफॉर्मेशन पैन परमानेंट अकाउंट नंबर एमसीए सी ए रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशंस आपको इन कम चीज़ों को आपको चेक आउट करना चाहिए जब एक बेस्ट एवेक्ट सेल्विंग कंपनी का चुनाव कर रहे हैं तो दोस्तों इसके बारे में आपको कैसे चेकआउट किया जाता है जी कैसे चेक किया जाता है टैन कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा मैं सेकेंड वीडियो में इसके भी बारे में आगे बताने वाला हूँ आइए दूसरा देखना चाहिए दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट्स क्योंकि आपकी कंपनी की जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं कंपनी और भी प्रोफाइल्स जो होती है वो अपने जगह पे होती है उसके लीगलिटीज जो होते हैं वो अपने जगह पे होते हैं लेकिन जो चलते ही वो होते हैं प्रोडक्ट्स जी हाँ दोस्तों कंपनी के उत्पाद अब आपको प्रोडक्ट्स किस प्रकार के होने चाहिए आइए मैं इसके बारे में जिक्र करता हूँ पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स की आपको ऐसे होने चाहिए आपकी कंपनी के जिसके साथ आप काम एसोसिएट होने वाले हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो करने चाहिए आपकी आपकी आपकी, आपकी लोकालिटीज़ में आप जिनके साथ आप जुड़ते हैं जोड़ना चाहते हैं उनके आपको प्रोडक्ट्स उन से उनका प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉल्व होना चाहिए सेकेंड है कि आप वैटी ऑफ प्रोडक्ट्स एफोर्टेबल प्राइस प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि आपको कोई एक प्रोडक्ट्स नहीं दो प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि आपके पास प्रोडक्ट्स की बहुत सारे संख्या में होने चाहिए और आपके एफोर्डेबल प्राइस ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट्स तो हैं काम कर रहे हैं लेकिन उनके प्राइस इतनी ज़्यादा कि लोग उसे बाय नहीं कर पा रहे तो आपको देखनी चाहिए दूसरा है फिटेबल प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि आपको हावोजूज करनी चाहिए क्योंकि आपके जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आपका प्याउड बनता है वो कुछ आपके प्रोडक्ट्स के सेलिंग पे बनता है तो जब प्रोडक्ट्स हवोज लोगों को जरूरत होगा तो प्रोडक्ट्स आपका सेल होगा तो आपका प्याउड भी बनेगा आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स आप लोग इसे देख पा रहे होंगे ये मैजिक है कि आ, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसके लिए कंपनी ने कहा कि आप में भी प्रोडक्ट्स लोगे तो कहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे दोस्तों ऐसे में ना तो आपके कस्टमर ज्यादा कस्टमर प्रोडक्ट्स आपको बाय कर पाएंगे और ना ही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी और नहीं आपका बिजनेस रन हो पाएगा नेक्स्ट है रिस्पॉन्स प्रोडक्ट्स मिनिमम यूज प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होने चाहिए क्वालिटी की थोड़ी यूज़ करें एक हफ्ते दस दिन प्रोडक्ट्स यूज करें तो उन्हें रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाए कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं आप मुझे प्रोडक्ट्स को छः महीना यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा दोस्तों छः महीना कोई किसी को आज प्रॉब्लम है वो छः महीने तक आपके प्रोडक्ट्स को खाएगा ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसे मैं यह मानना है कि रिस्पांस प्रोडक्ट्स मिनिमम उसके थोड़े प्रोडक्ट्स यूज करें और तभी तो उसे कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाए आइए आगे चलते हैं इसके बाद आता है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट्स भी होते हैं दोस्तों अब वो कहाँ कहाँ कहा से होने चाहिए आइए मैं बताता हूँ पहला चीज़ आपको दो तीन चीज़ें नोटिस करने हैं पहला प्रोडक्ट का क्वालिटी बताने से प्रोडक्ट बिकना चाहिए ना कि प्लान या प्रॉफिट बताने से आप ये चेक कीजिए कि जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं या जा रहे हैं क्या वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को बताने से क्या लोग बाय कर लेंगे या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्लान बताने पड़ेंगे तभी लोग बाय करेंगे यदि कुछ ऐसा है कि आपके प्रॉफिट प्लान बताने से प्रोडक्ट लोग ले तो शायद वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला दोस्तों तो आपको चेक करना चाहिए सेकेंड है प्रोडक्ट बाय फॉर ऑल कैटेगरी पुअर मिडिल विच स्टूडेंट एंड पेरेंट्स प्रोडक्ट्स कुछ इस कैटेगरी के होनी चाहिए आपकी कंपनी के पास कि प्रोडक्ट्स के जो रेंज हो वो एटलीस्ट बहुत सारे रेंज के हो कि अच्छी रेंज के भी हो थोड़े से मीडियम के भी हो जिससे कि आपके पास जो भी कस्टमर्स आती हैं उन सब के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट्स होने चाहिए जहाँ से आपका आप उन्हें एसोसिएट कर सकें और आप अपने बिजनेस कर सकें आगे चलते हैं क्वालिटी सर्विस अब देखिए आपकी सर्टिफिकेशन कौन कौन से होने चाहिए आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वालिटी सर्विस आई एस ओ हलाल आयुष फिक्की फसाई इस प्रकार से बहुत सारे ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है ये आपकी कंपनी के पास होने चाहिए प्रोडक्ट्स को बेस्ट क्वालिटी बताने के लिए इम्प्रूव करने के लिए उसके साथ आपको इम्पोर्टेंट होता है कि आप खुद प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद आपको समझ आएगा कि आखिरकार इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है जब तक आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे उनकी क्वालिटी आप समझ पाएंगे तो आप आगे की काम कर पाएंगे या किसी को रिकमेंड कर पाएंगे आइए सेकेंड चलते हैं बिजनेस प्लान क्योंकि बिजनेस प्लान आप प्रोडक्ट्स तो ठीक वो एक कस्टमर्स के लिए है लेकिन यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए वहां पे पैसा तो उसके लिए आपको बिजनेस प्लान पैसा देता है क्योंकि एक समंदर में कितना भी बड़ा कितना भी पानी क्यों ना हो लेकिन आपको प्यास लगी है तो आपको वो रास्ता ही समझ आएगा जहां से आप उसे निकाल सकेंगे उसी प्रकार से है बिजनेस प्लान तो आइए पहला बिजनेस प्लान कैसे होनी चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड प्लान जो होनी चाहिए कंपनी की आपको आसानी से समझ आनी चाहिए ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लंबे चौड़े प्लान हो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो तो ऐसे प्लान को आप आसानी से नहीं कर पाएंगे या आप एक्सपर्ट होंगे तो आप कर लेंगे लेकिन आपके पास थोड़ी कम एक्सपर्ट के लोग आएंगे तो वो आपको नहीं समझ पाएंगे अब देखिए दूसरा है इजी कैलकुलेट ऑफ बी वी आर बी वी एस अब आप यहाँ पे देख पा पाएंगे कि बहुत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बिजनेस वैल्यूम या प्रोडक्ट वैल्यूम आर बी वी एस पी प्रकार से कैलकुलेट होते हैं तो आप ये देखिए कि बहुत ही आसानी से इनकी कैलकुलेशन होनी चाहिए इजी ई पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मिनिमम कंडीशन अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कोई कंपनी प्ला पैसे तो दे रही है लेकिन इतना ज़्यादा कंडीशन लगा के रखी है कि शायद उस कंडीशन को फुलफिल करते करते ही बहुत सारे लोग को को छोड़ना पड़ जाए तो ऐसे चीज नहीं होनी चाहिए बहुत ही आसानी से प्याउ देने का सिस्टम होना चाहिए अगेन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाई एंड मिनिमम कंडीशन अप्लाई कि इनकम आपको अच्छी खास डिस्ट्रीब्यूट करे और बहुत ज़्यादा मिनिमम और बहुत कंडीशंस ना हो मिनिमम कंडीशंस अप्लाई हो अगेन है टीम वर्किंग इनकम स्ट्रक्चर बिकम अ गुड आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए कि जो आपकी आपका जो वर्क के साथ आपकी टीम का भी आप इंसेंटिव मिलता है तो आपको वहाँ पे देखना है कि जो टीम काम करो उसकी इनकम स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं आप वहाँ पे देखिए कि आपके आपको पसंद आता है कि नहीं अगेन है इनकम इंक्रीज फॉर इंक्रीज टीम आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि आपकी जैसे टीम बड़ी होती है तो क्या आपका इनकम वो कम तो नहीं हो रहा है इतने सारी कंडीशंस तो नहीं लगा रखी कंपनी ने आपको देखना है कि जैसे आपकी टीम बढ़ रही है तो आपका इनकम भी बढ़ना चाहिए इसका स्ट्रक्चर आपको पहले ही देखना चाहिए अगेन है दोस्तों अगेन है बिजनेस प्लान नो कैपिंग फॉर इनकम आपको यहां पर देखना चाहिए कि जो आप इनकम कर रहे हो उसके लिए कैपिंग तो कोई नहीं है कि आपकी बड़ी टीम हो जाती है कल को तो उसमें बहुत सारे कैपिंग लगा दिया है तो ऐसे काम ऐसे में आपको काम में भी चांस है, नहीं करने चाहिए चांस चेंज फॉर टाइम टू टाइम आपको देखनी चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप काम करें क्या वो कंपनी अपने आप को समय के अनुसार बदल रही है कि नहीं बदलाव ही सफलता का नियम होता है ऐसा कहा जाता है तो आपको देखना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे कंपनी बदल रही है खुद को कि नहीं डिस टू मच टू रिटर्न कई कंपनी आपको ऐसा तो प्रोमिस नहीं कर रही है कि आप जितना आप दे रहे हो जितना आप बिजनेस कर उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न देने की बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो कहती हैं आप, आप बस इतना लगाओ इतना मैं आपको दूंगी अपने घर से दूंगी अपने बिजनेस से दूंगी तो दोस्तों ऐसा प्रोमिस करने वाले कंपनी के साथ आपको नहीं जानी चाहिए नेक्स्ट है डी एंड एम प्राइस डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि जो डीपी प्राइस है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और मार्केट प्राइस तो आपको इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है कि नहीं ये क्यों इम्पोर्टेंट है डिफरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट्स रिटेल करते तो आपको वहाँ पर डी एंड एम प्राइस में डिस्टेंस मिलना चाहिए जिससे कि आपका रिटेल प्रॉफिट डायरेक्ट मिल पाए नेक्स्ट है गेट अ मोब प्रॉफिट विच मेक्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स हैप्पी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स अब आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या आप खुद उन प्रोडक्ट्स को आप जब विटेल करते हैं किसी को देते हैं तो आप नाराज नहीं होना पड़े आपको देखिए कि आप जब प्रोडक्ट्स को दे रहे लोगों को तो आपको दिल से आवाज़ आती कि नहीं यार इसे और देना चाहिए और देना चाहिए इसलिए नहीं कि प्रॉफिट हो इसलिए बल्कि उस सामने वाले इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व हो और उसे कम से कम पैसों में सॉल्व हो पाए और आप ऐसी पर्सन हो जो कि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके उन प्रोडक्ट्स के वजह से दोस्तों तो इन चीजों को आपको देखना चाहिए नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम आपकी जब बड़ी टीम हो जाती तो आपको चाहिए इसमें एजुकेशन सिस्टम तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिंग कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो उनकी क्या स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिंग है कि नहीं स्टेप बाई स्टेप मीटिंग जब आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ आप पर आपको देखनी चाहिए कि स्टेप बाई स्टेप मीटिंग हो रही है कि नहीं टूर एंड ऑफर्स कंपनी क्या कोई टूर और ऑफर्स ऑर्गेनाइज कर रही है कि नहीं क्योंकि टूर एंड ऑफर्स से लोगों को एक सब मिलता है काम करने का मजा आता है और बहुत सारे लोग टू एंड ऑफर्स के लिए ही लोग काम करते हैं कि मुझे यहाँ पे दुबई घूमना है तो कहीं मलेशिया घूमना है तो कहीं ये घूमना है तो कहीं वो घूमना है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बैठना में पॉसिबल है लेकिन आपको चेक करना है कि आप जिस कंपनी के साथ काम करें वो कंपनी दे रही है कितनी ट्रेनिंग अमाउंट फी अबाउट नो अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो कंपनी के साथ आप काम करें उनकी जो ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं उनके अमाउंट्स क्या है कहीं ऐसे तो अमाउंट ट्रेनिंग्स की जो फ़ी है ऐसे तो नहीं है कि आप एफर्ड ही ना कर पाएं या आप एफर्ड ना कर लें तो आपके जो लोग आ रहे हैं वो नहीं कर पा आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि एक मिनिमम और एक एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए ट्रेनिंग्स की और पावरफुल ट्रेनिंग्स मिलने चाहिए क्योंकि आप ये सब कुछ होता ही तो आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शायद नहीं चुनते इसलिए आपको ये सब कुछ देखना चाहिए और आपको देखना चाहिए बेस्ट लीडरशिप आपको देखना है कि बेस्ट लीडरशिप जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ उस टीम में आप लीडरशिप है कि नहीं रेस्पेक्ट एंड कम्युनिटी आप जिस कम्युनिटी जिस टीम में आप काम करें वहाँ पे क्या रेस्पेक्ट दी जाती है कि नहीं उस कम्युनिटी एक उस समूह में लोगों को इज्जत दिया जाता है कि नहीं इज्जत देने का कैसे सिखाया जाता है कैसे लिया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि रेस्पेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा देती है और वीकली मंथली ट्रेनिंग शेड्यूल आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि आप जिस क... टीम के साथ काम कर रहे हैं उस टीम में क्या वीकली मंथली ट्रेनिंग शेड्यूल है कि नहीं या फिर बस ऐसे मन का मौजूद जब मन करा तो करेंगे नहीं मन करा तो नहीं करेंगे ऐसा नहीं वीकली मंथली ट्रेनिंग शेड्यूल आपको देखना चाहिए आगे है अपल एंड सीनियर दोस्तों कंपनी के बारे में जानने से कहीं ज्यादा जानने के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस और लोगों के साथ काम कर रहे हो उनके बारे में जानना क्योंकि आजकल कंपनियां तो काम कर रही हैं लेकिन आपके सीनियर्स हील छोड़ के चले जाते हैं या वो काम नहीं करते जिनके वजह या उनकी सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिल पाता जिनके वजह से आपको पीछे होना पड़ जाता है तो आपको देखना चाहिए एजुकेशन फॉर अप्लाय कि आपके जो अप्लायंस हैं उनकी क्वालिफिकेशन उनकी एजुकेशन क्या है एक्सपीरियंस फॉर सीनियर आपको देखना चाहिए कि जिन सीनियर के साथ आप काम कर रहे उनका एक्सपीरियंस क्या है पर्सनैलिटी का कर... आपको देखना चाहिए पर्सनालिटी कल्चर एटीट्यूड की आपके जो अप्लायंस है उनकी विजन क्या है उनका पर्सनालिटी क्या है उनका कल्चर क्या है लोगों के साथ अपने टीम के साथ और देखना चाहिए सपोर्ट कल्चर कि वह उस टीम में उस अप्लाय का सपोर्ट सिस्टम क्या है उनका कल्चर क्या है ये सब कुछ आपको देखना चाहिए दोस्तों और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने में, में मेरे कुछ पैरामीटर्स काम आ थैंक यू मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय हावो सुबह मिले मुझसे साढ़े सात बजे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय